मैं हूं विजय कुमार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आ, लर्निंग टेस्ट घर बैठे कैसे पेपर करें और किस प्रकार का पेपर आता है उस तरीके को हम समझाना चाहते हैं तो मिनट में आप पेपर पास कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी होगी तो चलते हैं पोर्टल पर पेपर शुरू हो गया और इस तरीके का पेपर आपको मिलेगा ये पहले का ये जो क्वेश्चन दिया है इसका पहले का दूसरा आंसर है और इसमें अगला नेक्स्ट ये जो चिन्ह दर्शा रहा है इसका आपका ये पहला क्वेश्चन होगा आंसर दूसरा सॉरी दूसरा दूसरा होगा इसमें और इसमें तीसरे का तीसरे का चौथा आंसवर है इसका चौथे का दूसरा आंसवर है और पांचवे का तीसरा आंसवर है और छठे का ये फोर फोर आंसवर है इसका सातवें का तीसरा आंसवर है और आप नोट कर सकते हो बड़े आराम से मैं कर रहा हूं आठवें का तीसरा आंसर है और नौवे का पहला है दसवें का पहला है आंसर ग्यारहवे का दूसरा आंसर है बारहवे का पहला आंसर है और यहीं पे समाप्त होता है और आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने की इसे अच्छी तरीके से याद करो और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद